नमस्कार आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूं नितिन ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीवन मरण का चुनाव होता है ये चुनाव साख का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राष्ट्र के चुनाव से कम नहीं होता है यहां की हार का मतलब यह है कि आपका राजनीतिक करियर गड़बड़ हो जाना इस बार के चुनाव में भी कई राजनीतिक दलों का बल बढ़ेगा कुछ का पॉलिटिकल गेम गड़बड़ हो जाएगा तो कुछ क्षेत्रीय छत्र मजबूत होकर सामने आएंगे ये बात हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद 24 का भी चुनाव है जो कि केंद्र का चुनाव है और उसी को देखते हुए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने यह प्रयास करना शुरू कर दिया है कि आखिर कौन सी गोटी फेंकी जाए कौन सा पेज कसा जाए ताकि इस बार बात बन जाए बीजेपी ने दिल्ली से पूरी टीम तैयार कर ली है जो उत्तर प्रदेश आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीतियां तय करेगी कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने उनका जो दौरा था उस दौरे से एक दिन पहले आकर लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई हैं इसके अलावा मौजूदा उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और मौजूदा जिन्होंने सबको चौंका दिया है आम आदमी पार्टी इन सब ने भी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए और लगातार बयानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जो घोटाले हुए इन सबकी पोल खोलने के जो बीड़े हैं वो उठा रखे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां कोशिश यही कर रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ नया किया जाए कुछ ऐसा किया जाए ताकि सब दंग रह जाएं और एक नए दल को उत्तर प्रदेश में काबिज करवाया जाए या फिर एक ऐसे दल को उत्तर प्रदेश में काबिज करवाया जाए जो कि यह बता दे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर विफल रही है प्रयास सबका यही है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की हुई है प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उत्तर प्रदेश आएंगे सरकारी कार्यक्रम करेंगे और इसके अलावा रैलियों को भी संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम लगभग सभी पार्टियों का है लेकिन सबसे हम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या हम और आप जो आम जनता है वो भूल सकती है क्या हम भूल सकते हैं कि हमने कोरोना में क्या झेला क्या हम भूल सकते हैं कि हमने डेंगू में क्या झेला क्या हम भूल सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो दर है वो कितनी नीचे है और बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है क्या हम इन बेरोजगारों को देखकर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं क्या महंगाई के सवाल पर हम चुप रह सकते हैं आखिर इन सवालों को ये राजनीतिक दल क्यों नहीं उठाते हैं आखिर क्या इस बार का भी चुनाव जात धर्म विशेष समुदायों के नाम पर ही होना है या फिर जनता की जन सरोकार वाली जो समस्याएं हैं उनके नाम पर होना है आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमरकस कर तैयारियां शुरू कर दी हैं कोई दल किसी जाति को लुभाने में जुटा है तो कोई दल किसी धर्म को साधने में जुटा है वही यूपी की धरती पर चुनाव से पहले बाहरी दलों यानी दूसरे राज्यों में भीड़ जुटाने वाले दल भी अब यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं हर कोई बड़ा दल ये दावा कर रहा है कि अब बार तीन के पार सीटें उनकी होंगी वही छोटे राजनीतिक खिलाड़ी पानी पी पी कर बोल रहे हैं कि इस बार बिना उनके समर्थन के सरकार क्या एक विधायक नहीं बनाया जा सकता है खैर कुछ दलों पर अगर नजर डालें तो उनकी तैयारियां कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। पहली बीजेपी जो बूथ से लेकर यूथ तक सबको अपनी ओर खींचने में लगी हुई है और बीजेपी का दावा है कि इस बार फिर से 300 सौ के पार सीटें उनके पाले में होंगी अच्छा बीजेपी अगर ये दावा कर रही है तो मान लेते हैं कि 300 सौ के पार सीटें उसके खाते में होंगी लेकिन क्या पिछली बार से सपा बसपा ने कोई सीख नहीं ली और हाँ कांग्रेस को इस बार भूलना नहीं चाहिए हाँ ये सही है कि पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ सात सीटें ही मिली थी कांग्रेस को छोड़िए बीएसपी की बात कर लेते हैं मायावती इतनी तेजी से राजनीतिक चाले चल रही है की अन्य दल घन बने नजर आ रहे हैं खासतौर से बीजेपी को यह बात समझ ही नहीं आ रही कि मायावती आजकल बीजेपी पर नरम रुख क्यों अपनाए हैं? अभी मायावती ने एक ऐलान कर दिया हैदराबाद की सियासत के बैरिस्टर साहब ने तुरंत मौके को लपका और एक संदेश आया कि अब सारे माफिया उनकी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और हम पैसा भी नहीं लेंगे साथ ही टिकट देकर विधानसभा भी भेजेंगे लेकिन बैरिस्टर साहब ये बात भूल गए कि उनसे बड़े खिलाड़ी यूपी में राजनीति करते हैं हम अगर सफा की बात करें तो अखिलेश यादव पहले ही मुख्तार के भाई अंसारी को पार्टी में शामिल कर चुके हैं और एक ऑफर मुख्तार को चला गया तो शायद मुख्तार भैया के साथ जाना पसंद करेंगे ना कि बैरिस्टर साहब के साथ क्योंकि मुख्तार माफिया भले ही हो लेकिन राजनीति का उनका अनुभव भी कुछ कम नहीं है चलिए छोड़िए राजनीति के माफिया करण की बात ये तो यूपी में पुराना अध्याय है लेकिन हाल ही में जो बात नई चल रही है वो ये कि ब्राह्मण यानी प्रबुद्ध वर्ग किसके साथ रहेगा देखिए शुरुआत की बात करें तो बीजेपी ने दलितों को रिझाने के लिए अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात की बस तभी यह बात बी को खटकी की कि बीजेपी उनका कोर वोटर छीनने की कोशिश कर रही है बस फिर क्या बी ने ब्राह्मणों की बीजेपी से तथा नाराजगी को परखा और फेंक दिया तुरुपका इक्का अब बीएसपी नारे लगाते नहीं थक रही है कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है इसी नारे के साथ बड़ी बड़ी सभाएं की गई जिसमें खुद मायावती त्रिशूल लेकर नजर आई यूपी में 2022 के चुनाव तो हैं ये बात सही है कि 2022 में किसी ना किसी की सरकार बनेगी चाहे पूर्ण बहुमत की बने या फिर गठबंधन की लेकिन राजनीतिक दल जनता की नब्ज पकड़ने में लगभग फेल साबित हो रहे हैं जातियों की बात करें धर्म की बात करें हम फिर माफियाओं को पार्टी से बाहर निकालने की या शामिल करने की लेकिन मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता है महंगाई अपने चरम पर है पेट्रोल सौ के पार मतलब जितना आदमी ज्यादा से ज्यादा सोच रहा था उस आंकड़े को भी पार कर गया है दालें प्रोटीन देती हैं लेकिन इतनी महंगी हैं कि आदमी बिना प्रोटीन के जिंदगी बसर कर रहा है खाने वाले तेल की बात की जाए तो उसके दामों ने जनता का तेल निकाल दिया है जनता का यह तेल तो निकल रहा है लेकिन राजनीतिक दलों के धर्म और जाति का खेल रुक नहीं रहा है क्या चुनाव का मूल मुद्दा ये होना चाहिए की कौन सी कौम और कौन सी जाति और कौन सा माफिया इससे नाराज या फिर ये मुद्दा होना चाहिए कि जनता क्यूँ परेशान है मेरे ख्याल से दूसरा मुद्दा ज्यादा बेहतर और लोकतांत्रिक है लेकिन राजनीतिक दल अगर पहले मुद्दे पर बने रहना चाहते हैं और माना इसी मुद्दे पर 2022 में सरकार भी बना लेते हैं तो कोई नई बात नहीं लेकिन जनता की अदालत लगने में अभी लगभग छह महीने का समय बाकी है और इस अदालत में फैसला जनता सुनाएगी और देखने वाली बात होगी कि कौन जनता की अदालत में बाइज्जत बरी होकर सरकार बनाता है और किसे पांच साल के लिए बनवास की सजा दी जाती अजय सिन्हा की रिपोर्ट प्राइम टीवी तो साथियों सवाल यही है कि आखिर हम जनसरोकार के मुद्दे पर सवाल कब करें किससे करें कौन इसका जवाब देगा लगातार उत्तर प्रदेश में ये जो राजनीतिकरण हो रहा है लगातार पार्टियां जो हैं वो पैराशूट से नेताओं को बुला रही हैं कि हम उनसे सवाल करेंगे या फिर हम उनसे सवाल करेंगे जिन्होंने हम, जिनको हमने पांच साल पहले वोट दिया था फिलहाल आज की डिबेट में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं हम पहले उनसे आपको तारुफ कराते हैं अश्विनी शाही है बीजेपी से जो पार्टी का पक्ष रखेंगे इसके अलावा शौकत अली समाजवादी पार्टी से हैं वो पार्टी का पक्ष रखेंगे आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पार्टी का पक्ष रखेंगे और सुभाष चंद्र यादव जी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रस्सा का माहौल है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि विशेष वर्गों को साधा जाए जातिगत तो समीकरण एक बार फिर से बैठाया जाए हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म या फिर जिस तरह से पिछली बार शमशान और कब्रिस्तान की लड़ाई हुई थी इन सारे मुद्दों कर ही मुद्दों को ही एक बार फिर से उठाया जाए प्रयास यही किया जा रहा है लेकिन कोशिश यही है हमारी और जनता की कि इस बार जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी विचार किया जाए क्योंकि जब जनता वोट देती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारे मुद्दे जो कि राजनीतिक दल सोचते हैं वो मुद्दे नहीं रहते हैं लेकिन इस बार जनता क्या सोचकर वोट देगी ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन सवाल कहीं ना कहीं सबके मन में यही है कि आखिर जन सरोकार की बात कब करी जाएगी पैराशूट से नेता आ तो रहे हैं लेकिन वो कितना फायदा पहुंचाएंगे इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं अश्विनी जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा स्वागत है आपका आ, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पांच साल पहले हमने जिन्हें वोट दिया था अपने क्षेत्र में अपनी विधानसभा में क्या हम उनसे सवाल पूछें या फिर जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं जो टीम दिल्ली से बनाई गई है हम उनसे सवाल पूछे कि भैया हमारी सड़क क्यों नहीं बनी हमारे लड़के को नौकरी क्यों नहीं मिली हमारी समस्याएं कब दूर होंगी इलाज कैसे बेहतर होगा हम सवाल किससे पूछें नितिन जी देखिए पहले तो एक फिर दूर कीजिए कि सवाल किससे पूछना है सवाल उसी जनप्रतिनिधि से पूछा जा, जाता है और जाएगा इसको जनता ने ओढ़ दिया है ये हमारे जो भी बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से यहाँ पर वो एक तो आपने शब्द यूज किया पैरासूट से पैरासूट से चुनाव लड़ने आते हैं और पैरासूट से चुनाव लड़ाने नहीं आते हैं वो लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप ये, आप ये किसको कह रहे हैं मैं मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पैरासूट से जो लोग भेजे जाते हैं वो चुनाव लड़ाए जाते हैं लड़ने आते हैं कहीं भेज दिए जाते हैं ये हमारे बड़े नेता जो हैं, ये नेता आ रहे हैं संगठन चुनाव को कैसे संगठित तरीके से लड़ाया जाए हमने पिछले चुनाव में नारा दिया ए, मेरा बूथ सबसे मजबूत आज हम पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं आज हम जो है बूथ बूथ गांव-गांव हम अपने संगठन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम आगे तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारा वो कार्यकर्ता काम करता है उसके बाद आता है हमारा वो चुना हुआ जी ये लोग तो हमारे चुनाव का संगठन संभालने के लिए नेता आ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में 300 से ऊपर तो यहाँ हमारे यहाँ एमएलए आज हैं और एमपी कितने हैं आप देख लीजिए पूरे देश में कितने राज्यों में हमारी सरकार है तो अभी तो और भी नेता आएंगे हमारे यहाँ अच्छा। ये तो दूसरे दलों के लिए कुंठा का विषय है की उनके पास जिन्हें चुने उंगलियों पर चार छह नेता है अच्छा भारतीय तो जनता उन... पार्टी में अकाल तो उनसे मैं पहले ये सवाल पूछूं कि उनके पास नेता क्यों नहीं है या पहले मैं आपसे ये पूछूं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो आपके नेता हैं वो कमजोर पड़ गए इस वजह से से दिल्ली से नेता बुलाए जा रहे हैं तो ये सवाल ही नहीं बनता ये बेमानी सवाल है नितिन जी उत्तर प्रदेश में हमारे पास बहुत से नेता है उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं है मगर एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है एनडीए एक परिवार है जिसके नेता आएंगे, चाहे वो बंगाल चुनाव चुनाव हो, हो, बिहार हो, हो, हो, जुड़ता हूँ उनसे भी पूछता हूँ शोकत जी आपके पास तो भाई कोई दिल्ली विल्ली का नेता नहीं है क्या करेंगे कैसे लड़ाई होगी भाई इस बार आपकी शोकत और उसे स्वीकारना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो नेता इनके भारतीय जनता पार्टी के हैं जब उन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया उन पर विश्वास नहीं इसलिए बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी राजधानी ऐसी लेके उत्तर प्रदेश की सरगमी पे काम कर रहा है अखिलेश यादव जी और तमाम कार्यकर्ता सब जानते हैं की तो हम लोगों ने जो कार्य किया उत्तर प्रदेश की जनता देख के बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उस प्रदेश की घंटा को यदि लोगों ने कुछ दिया होता तो बताने के लिए योगी जी जाते और इसीलिए तो आज उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग बुलाए जा रहे हैं इनको मत पेट रहिए, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं आपको शायद जानकारी ना उसमें विधायकों को नहीं भेजते सांसदों को भेजने का काम करते हैं विधायकों ने कुछ काम किया होगा कभी ना बताएंगे तो दो दूसरे यात्रा को बुलाके जन यात्रा यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन विधायकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे उसमें क्योंकि तो विधायक क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक ने कुछ किया तो है नहीं तो बताएगा क्या क्योंकि अब मुंह की खानी पड़ेगी इसलिए तो विधायकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उस यात्रा में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बाहरी लोग बुलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुखिया की जो जिम्मेदारी वो बताने ली उत्तर प्रदेश में कोई नहीं के लिए ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधायकों ने कुछ नहीं किया सुनी जी क्या आपके विधायकों ने कुछ नहीं किया क्या ये सपा कह रहे हैं भाई देखिए सपा के नेताओं का काम है क्योंकि इनके जो बड़े वाले नेता हैं माननीय अध्यक्ष जी इनके वो बैठकर ट्वीट करते हैं और उनकी एक यात्रा निकलती है जो उन्नाव में जाकर हो जाती है है बाकी तो घरों में, करोना में से भी घर से नहीं निकले उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ है अगर ये काम किए होते तो जनता ने इनको हटाया क्यों होता है सपा कहाँ निकला था कोरोना में तो एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय कर्मी योगी आदित्यनाथ जी से कौन सी जगह दिखाई दे रहा था चलिए आज आप जी मैं पूछ रहा था जगह कहाँ थी वो सर आवाज चलिए मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूँ ये हमारे साथ अश्विनी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वंशराज जी हैं ये लोग का क्या दिक्कत है ये लोग हमेशा आप लोगों के ऊपर घोटाले जैसा आरोप लगाते हैं कि इस सामान को इतने में खरीदा इस सामान को इतने में खरीदा यहाँ पर इतना घोटाला कर दिया इन लोग की क्या दिक्कत है इनसे भी सवाल ले लेते हैं वंशराज क्या समस्या है आप लोगों की कि उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप आप लोग लगाते हैं और क्या यही मुद्दे लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे आप तो खुद दिल्ली बेस्ड पार्टी है कहा जाता है जैसा की तो आपके यहाँ तो दिल्ली से भी नेता आएंगे चुनाव की तैयारी करवाने के लिए संगठन को मजबूत कराने के लिए तो मतलब आपकी लड़ाई मानी कोई सांसद है ना कोई विधायक है बावजूद उसके लगातार पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिहार के साढ़े चार साल रहे बदहाल के साढ़े चार साल रहे चाहे नौजवानों का मुद्दा हो रोजगार के मसले को लेकर माताओं बहनियों की रक्षा की बात हो सुरक्षा की बात हो वो मुद्दा लेकर या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत कार्रवाइयाँ हुई आपने देखा एक के बाद एक संजीत यादव का मामला देखा अपहरण करके उसकी कैसे हत्या कर दी गई आ, पाल एक आ, जो पाल था जय जयप्रकाश पाल जो गोरखपुर में डी एस और सी के सामने जिसकी हत्या हो गई हाथरस की घटना आपने देखी कि बाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको उस दुष्कर्मियों के साथ अपराधियों के साथ में योगी आदित्यनाथ सरकार के सांसद और विधायक उसके पक्ष में खड़े हुए नजर आए रात में दो बजे उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है तो ये तमाम घटनाएं हुई इस घटनाओं को मान्य सांसद संजय सिंह जी ने प्रमुखता से आप चैनलों के माध्यम से और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा देखिए सबसे बड़ा दिलचस्प चीज क्या कहाँ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल है अब मुझे नहीं मालूम कि किसकी क्या समस्या फंसी हुई है भाजपा के साथ में लेकिन जितने भी विपक्षी दल हैं, वो दल सरकार से सीधा सवाल करने में बसते हैं और यही कारण रहा कि जब जब हर घोटाले का खुलासा किया मानी सांसद संजय सिंह ने चाहे जल सकती मिशन का भी आपने देखा लगातार सीरीज चल रही है उसकी घोटाले पे घोटाले घोटाले पे घोटाले खुले जा रहे हैं या बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का कौन सा मामला आपके सामने आया था अपने भाई को नौकरी देने का और फिर आय से आय से अधिक संपत्ति का मामला था या वेंटिलेटर का घोटाला हुआ कोरोना की महामारी में किस तरीके से दलाली खाई गई या प्रभु श्री राम जी की चंदे में चोरी किस तरीके से हुई हर मुद्दे को मान्य सांसद जी ने प्रमुखता से आप चैनलों के सामने रखा उसका सिर्फ ये कारण योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन सुबह घोटाला खुलता है अगले दिन सोलह पार्टी जो चार सौ तीन सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ने जा रही है जाहिर सी बात है पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के नेताओं को बुला रहे हैं देखिए नेता है अभी बिल्कुल सही बताया आदरणीय शौकत जी ने कि जन आशीर्वाद यात्रा में अपने विधायकों को नहीं भेज रहे हैं अपने नेताओं मंत्रियों को नहीं भेज रहे हैं ये सांसदों को भेज रहे हैं ये बाहर से आए हुए लोगों को भेज रहे हैं। क्योंकि आज जन आशीर्वाद यात्रा यात्रा हो गई है जनता इनको धुतकार रही है इनकी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी से आशीर्वाद ले सके अच्छा आप किससे आशीर्वाद लेंगे आपने इन्वेस्टर सबमिट कराया नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर साढ़े लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वादा था साढ़े रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ बारह भर्तियां निकाली उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में एक भर्ती योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया जो सबसे दिलचस्प बात क्या रही कि जो भर्ती 2017 से 2021 तक आई ही नहीं लेखपाल की भर्ती उसमें भी एक नौजवान को पकड़ के दुर्गेश चौधरी नामकियां तो तो नहीं, नहीं है योगी आदित्यनाथ जी का और इनकी सरकार का सांसद संजय सिंह जी ने एक संज्ञा दी थी कि योगी बाबा और चालीस चोर यह जो सरकार चल रही है उसी संज्ञा पे सरकार चल रही है आप सोचिए कि सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कि यूपी उत्तर प्रदेश नंबर वन बन गया है नंबर वन बन गया है इस उत्तर प्रदेश को आप नंबर वन बना रहे हैं जहां पर कोरोना के महामारी में तमाम केंद्रीय मंत्री इनके कैबिनेट के मंत्री अपनी जान गवा बैठे विधायक सांसद गुहार लगाते रहे उनके परिजन तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं पाए और आम आदमी पार्टी की आप बात करिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 18 महानगरों में आपने रिपोर्टिंग भी की थी आपके चैनल ने 18 महानगरों में आम आदमी पार्टी ने ऑटो एंबुलेंस सेवा शुरू की ऑक्सीजन युक्त तो ऑटो एंबुलेंस सेवा घाटों पर योगी आदित्यनाथ लकड़िया नहीं उपलब्ध करवा पा रहे थे और आम आदमी पार्टी ने घाटों पर लकड़िया उपलब्ध कराई जब इन्होंने जब इनके तमाम आला कमान अधिकारी मिलकर लाशों को दफनाने में जुटे हुए थे नदियों में बहाने में जुटे हुए थे मान सिंह सा जी लगातार जो जनता के साथ खड़े हैं तो ज़्णी हमारा ज़्णी जो दिल्ली का मॉडल है हमारा जी? जो दिल्ली का मॉडल है उन तमाम मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं अश्विनी जी से जब अश्विनी जी इन लोगों का काम इसी तरह से आरोप लगाने का ही रह जाएगा या कुछ कर पाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी आम आदमी पार्टी ने आपके लिए क्या कहेंगे इस पे देश के क्या विश्व के सबसे बड़े पलटीबाज नेता की पार्टी है या केजरीवाल जी वो अनुराग जी उसी की बात कर रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का कारोला हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के एम्बुलेंस चला रहे हैं ये हाथियास्पद बात बयान देखिए, दिल्ली में इन्होंने होल्डिंग लगवाया मकानों का किसी को मकान नहीं दिया मकान बनवाया किसने केंद्र सरकार ने मकान बनवा कर दिया उसकी होल्डिंग ये लगवा रहे थे सीलिंग का आपने देखा शिक्षा का अस्तर एक स्कूल इन्होंने इंटर कॉलेज बनवाने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखी थी कहीं ना इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं बना अस्पताल कितने बनवाए जब माननीय गृहमंत्री जी कोरोना की पहली लहर में इनके जब देखे दुर्दशा देशवासियों की तो उनको खुद खुदना पड़ा मैदान में उसकी बात ये कर रहे हैं कि हम कोरोना में बढ़िया काम किए तो ये देश की सबसे बड़ी पल्टी कंपनी के मालिक है केजरीवाल जी और सबसे बड़ी हाथ चीज ये लोग रोज एक एक झूठ उजागर करते हैं किसी न किसी दल का एक दो हजार पन्ने का शीला दीक्षित जी का कहा गया वो आ, जो इधर करते थे केजरीवाल जी ये बताइए कि महेंद्र सिंह मंत्री महेंद्र सिंह ने जल शक्ति मिशन में कितना बड़ा घोटाला किया शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कितना बड़ा घोटाला किया और जो तीसरी लहर कोरोना की नहीं आई है उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार मिलकर आठ लाख रुपए का वेंटिलेटर आप बाईस लाख में खरीदने का काम कर रहे हो घबराइए मैं अशोनी जी मत सुन लीजिए अशोनी जी घबराइये मत आपके सारे सांसदों विधायकों मंत्रियों का चिट्ट ने ना ना एक करके एक एक करके आवाज बातें सबकी आनी चाहिए जरूरी है वर्षनाथ सुन मुझे क्या कह रहे हैं फिर बताइएगा जी मैंने इनके बीच में नहीं बोला और यही आ, सर, नहीं बोले है। बोले, बोले वो नहीं बोलेंगे बोले इनके हाँ। लोकपाल बिल पर सरकार आई थी वो लोकपाल बिल कहाँ केजरीवाल जी ऐसी अरे जो दलाली गी। खाई खाएगी उसपे जवाब दीजिए लोकपाल बिल पे क्यों जाते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के इन मत उनके जो टैक्स के पैसे की आप लोगों को दलाली खाई है जो बंटाधार किया आप लोगों ने उसका जवाब दीजिए सवाल इसमें हो रहा है सवाल इसके हो रहा है की ऑक्सीजन किसी की मौत नहीं हुई योगी आदित्यनाथ कैसे दाखिल करेंगे और माफी मांगेंगे कहेंगे कि हमसे गलती हो गई यही होता है को तो तो मां मैं लो आता हूँ सुभाष चंद्र जी को जो जोड़ना चाहूंगा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए सर स्वागत है आपका सुभाष जी ये उत्तर प्रदेश में जो अभी आपने देखा की जब राजनीतिक चर्चा हमने शुरू करी एक गंभीर मुद्दे पर तो किस तरह से हम दिल्ली भी चले गए हम उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दों में रह गए और कहा हम घूमकर चले आए पूरे देश का हमने भ्रमण कर लिया इसी थोड़ी सी डिबेट में लेकिन उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में लगभग किसी ने कुछ भी नहीं बोला जो होना चाहिए जिन पर चर्चा होनी चाहिए जिन पर चर्चा करने के लिए हम और आप बैठते हैं तो क्या इस बार का चुनाव भी हम मान ले कि हम दूसरे राज्यों की तुलना में ही खत्म कर देंगे या फिर कुछ नया होगा कुछ राजनीतिक मुद्दे होंगे कुछ सामाजिक मुद्दे होंगे कुछ जनता के मुद्दे होंगे लेकिन नितिन जी आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूं मैं एक कहावत याद आ रही मुझे इन सभी प्रक्ताओं की बात को सुनने के बाद में कि कोयले की दलाली के अंदर सबके हाथ काले जो वास्तविक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे हो गए या भारत देश के जो भी मुद्दे हो गए उस वास्तविक मुद्दे से तो हम कोसू दूर चले गए उन मुद्दों की हम बात ही नहीं करते इस छोटी सी डिबेट के अंदर ही हम दिल्ली पहुंच गए लखनऊ पहुंच गए बाकी जितने भी जगह जाना था हम पहुंच गए लेकिन मुद्दे काफी दूर रह गए हमारे साथी सहयोगी ने भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो बोला कि ये जो घोटाले उजागर कर रहे हैं अच्छी चीज़ है कि प्रदेश की जनता को यह पता चलना हाँ चाहिए इसके पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी या वहां पे जो बीजेपी की सरकार थी वहां पे इन लोगों ने जो पिछली सरकार के जो घोटाले थे उनको उजागर करने का प्रयास इन्होंने क्यों नहीं किया इन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों दिखा पहले उनको शुरुआत वहां से करनी चाहिए दूसरी बात उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बहुत ही संवेदनशील चुनाव है बिल्कुल यहाँ पर रोजगार पीछे छूट जाएगा या मूलभूत सुविधाएं पीछे छूट जाएंगी यहाँ घोटाले सारे पीछे छूट जाएंगे पता नहीं क्यों जब हम चुनाव की बात आती है तो वहां पे हम जातिगत समीकरण के अंदर उलझ जाते हैं हम धर्म के अंदर उलझ जाते हैं तो मुझे जहां तक लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज़ को देखते हुए कि 2022 का चुनाव भी कुछ नया नहीं होने वाला उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम ही चलेगा रिलीजन ही चलेगा जाति चलेगा कुछ नया मुझे नहीं दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ नया आएगा क्योंकि सारी पार्टियां उसी परिपार्टी पर चल रही है इनको किसी को भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है किसी को, को कोई सरकार नहीं है ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं अभी अश्विनी शाह जी नहीं बोला कि और दूसरी पार्टियों के पास के बड़े नेता ही नहीं है अरे आपके पास अगर बड़े नेता हैं तो 2017 के अंदर 2017 के चुनाव के अंदर ये सारे बड़े नेता कहा थे तब तो आपने केशव प्रसाद को पिछड़ा नेता बना के उनको करीब करीब घोषित रूप से सीएम का रूप में घोषित कर दिया था उनको लाके आपने चुनाव लड़ा तब तो आपके किसी बड़े नेता की कोई जरूरत ही नहीं थी ना? आपने चौधरी बुलाना ही नहीं आपने जरूर नहीं समझा आज ये जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं कि भाजपा की टीम के कोरोको एग्री करता हूँ मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन अब उनकी जरूरत क्यों आ गई ना क्यों? मैंने गलत बोल दिया लक्ष्मी नारायण वो थी स्पष्ट हाँ। तो यह पता है कि हमारी नाकामिया हमारी जो असफलता इस असफलता को लेकर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमें अपनी बेशर्मी का और जिला भरी चीजों का सामना करना पड़ेगा इसी वजह से ये दूसरे को सामने आ रहे हैं क्योंकि है, है, मतलब है है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए मैं, है। मैं जवाब लेता हूँ अश्विनी जी जिस तरह से अभी वंशराज दुबे कुछ बोल रहे थे और आपने उनका जवाब भी दिया था जवाब पूरा नहीं हुआ था तो मैं चाहूंगा कि अपना जवाब पूरा करें और क्या क्या वो मूलभूत मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी तक तो उन मुद्दों पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है लेकिन आगे की क्या रणनीति आप लोग तय कर रहे हैं कि जब दिल्ली से पूरी टीम आपकी आएगी प्रधानमंत्री खुद आएंगे तब किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में इस बार जाने वाले हैं क्योंकि आपने पांच साल का समय उत्तर प्रदेश में बिताया है कई सारे आरोप आप लोगों के पर लग रहे हैं चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या या फिर कानून व्यवस्था का हो या फिर बेरोजगारी का हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का हो तो इन सारे मुद्दों से कैसे लड़ना है और साल और आपको जनता अपने साथ कैसे देखे कैसे वोट दे क्या तैयारी है आप लोगों की? नितिन जी देखिए भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दा ये लोग बना रहे हैं आरोप लगा रहे हैं आरोप तो लगते रहेंगे भ्रष्टाचार हो या किसी चीज का हो अच्छा ये लोग आम आदमी लो, पार्टी की सबूत भी पेश किया करते हैं आम आदमी पार्टी वाले सबूत तो साबित तो करे सबूत तो कागज ले आते हैं और अरुण जेटली जी के खिलाफ भी इन्होंने बोला था तो माफी मांगा था मैं यही बोल रहा था उनको माफी मांगनी पड़ी थी केजरीवाल जी को तो इनकी तो इनके तो इतिहास में है दो हजार पन्ने से ऊपर का वो कॉमनवेल्थ घोटाला लेकर घुमा करते थे जब ही हमारे विशेषज्ञ ने उसका जिक्र भी किया वो कहा गए वो घोटाले लोकपाल बिल इनका कहा गया जिसको लेकर ये सरकार बनाकर आए थे दिल्ली में तो वो सब दिल्ली वालों को आज तक तो साफ पानी नहीं दे पाए ये दो से चौदह से पानी दे रहे हैं साफ पानी दिल्ली को नहीं मिला है बिजली के बिल में किस तरीके के घोटाले हो रहे हैं वो जाने वो दिल्ली की जनता जाने तो मैं वो नहीं कह रहा ऊपर नहीं जा रहा इन लोगों की एक आदत है दूसरे के ऊपर जैसे दो तरह से आदमी समाज में आता है एक तो हम नितिन जी की बुराई करके आ सकते हैं और दूसरा अपनी अच्छाई बुराई क्यों करेंगे मैंने क्या किया नितिन जी एक उदाहरण दिया मैंने उदाहरण दिया अगर... नितिन जी, नितिन जी, उदाहरण दिया मैंने की अगर कहीं हमको जाना है तो मैं मान लीजिए मैं एक्स की बात कर रहा हूँ अगर इनको आना था तो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके आएंगे या अपनी आम आदमी पार्टी की अच्छाई बताकर आएंगे अच्छाई है नहीं तो अब ये बुराई ढूंढने में लगे हैं कहीं सफल नहीं हो रहे हैं मुकदमे जो ये कह रहे हैं बहुत दर्द हो रहा है मुकदमे हो रहे कोर्ट में जवाब देते रहेंगे इन्होंने जो आरोप लगाया अब मैं आता हूँ मुद्दों की बात पर अगर यहाँ पर अभी हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि अपनी नाकामियां अपनी अक्षमताएं सब कुछ गिराया हमारी सरकार की हमारे नेता आ रहे हैं हमारे पास नेता है यही तो दर्द है दूसरे दलों की क्योंकि तो मुलायम सिंह एंड कंपनी पांच नेताओं में सिमट जाती है सोनिया गांधी अड़सठ तीन नेताओं में समट जाती है आम आदमी पार्टी के तीन नेता है कुल मिलाकर देश भर में जो घूमते हैं तो इन लोगों के अलावा हमारे पास असंख्य नेता हैं हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है हम एमपी भी भेजेंगे एमएलए भी भेजेंगे केंद्रीय मंत्री भी भेजेंगे गुजरात के मंत्री भी बुलाएंगे और आसाम के भी मंत्री बुलाएंगे मुद्दों किसी, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए जो महंगाई बताता हूँ जी अगर ये क्षमता है अपराध संगठित अपराध खत्म करना उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता है तो ये क्षमता हम करते रहेंगे अगर यहाँ पर हमको महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करना क्षमता है हमको उनको तहसील और थाने में उनको हेल्प डेस्क बनाकर देना हमारी क्षमता है तो हम करते रहेंगे अपराध आप कम करवाना ना अपराध कम करवाना उस पर लगाम लगाना ये सब सरकार का काम है मैं मानता हूं कानून व्यवस्था बेहतर करना ये सब सरकार ये, का काम है मैं मानता हूं लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उन पर कुछ चर्चा होगी की नहीं होगी जनता से जुड़े नितिन जी हाँ इसके पहले की सरकार थी जो महीने में पचहत्तर सौ ऊपर आपराधिक मुकदमे जो है होते थे और आज जो है उस मुकदमे को तो देख लीजिए आज उसकी मैं बात कर रहा हूँ आज उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़े हुए 30 मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर्मियों सरकार ने किया है तो एम्स सामने दिया है तो सपा वाले क्यों कहते हैं कि अस्पताल उन लोगों ने बनवाया था अरे कुछ नहीं बनाया मेडिकल कॉलेज से चल प्रदेश हमने तीस की बात की भाई अच्छा मैं कह रहा हूँ बारह मेडिकल कॉलेज थे हम तीस की बात कर रहे हैं उमरा करते मतलब उम्र कर रहे हैं अच्छा। गन्ना का इनका जो इन्होंने एक लाख करोड़ का जो गन्ना भुगतान छोड़ा था बकाया लगाया था हमने पूरा किया उसको और ना 90 तो ये ये तो आम आदमी ये आम आदमी पार्टी कहती है सत्रह हजार करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी है वो सरकार दे नहीं पा रही बाकी है और मेरे पास उसका पाँच चीनी मिल जो नहीं दे पाई है उसके ऊपर आरती भी कटी है जिस सरकार ने काम किया है चलिए जवाब ले जवाब ले लेविनी जी जवाब ले लेते शौकत आप जी ले जी जी हमारी सबसे जहा मुझे मेरे साथ के भी बहुत ऐसे युवा जो है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे उन्हें इस साल या इस पूरे पांच सालों में सरकारी नौकरी का इंतजार तो था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है जिस पर अभी सवाल बना है और क्यों नहीं हुआ क्योंकि सरकारी दिशा है अच्छा तो ने दो लाख लोगों को नहीं दिया था पूरा दो लाख लोगों को नहीं दिया चलिए आपकी आप आ... है तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर वो अलग विषय है लेकिन देखिये उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर हम लोग यहाँ डिबेट करने बैठे हुए हैं और आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा रोजगार आपने कोई नाम लिया दो करोड़ रोजगार वहां से मिले फिर आपने कहा कि छह लाख रोजगार और दिया मुझे छह लाख का डाटा क्या विभागावार एक मुझे लगता है दो सेकंड लगेगा आप मुझे बता सकते हैं कि छह लाख मतलब किस किस विभाग में नौकरियां दी गई हैं ये डाटा आपके पास में है और अगर आपके पास में नहीं हो डाटा तो मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से किस तरीके से ट्वीट होता है डाटा बताइए डाटावार कोई नहीं नहीं ना सर बोलिए राम की कसम कोई नहीं होगा पुलिस से शुरू कर रहा हूँ पुलिस से कोविड हमने कोविड काल में भी भर्तियां की एक लाख सैंतीस हजार तीन सौ सावन तो संविधा वाली नहीं सरकारी नौकरी की बात एक लाख तेईस हजार अरे सुन लीजिए नहीं नहीं आप सरकारी नौकरी की बात करिए संविधा वाली नहीं है पुलिस में क्या है सरकारी नौकरी कौन सी पुलिस की भर्ती कौन सी पुलिस की भर्ती हुई बताइए आप एक लाख सैंतीस हजार दो सौ तिरपन बेसिक शिक्षा में एक लाख एक जवाब नहीं तो पूछेंगे जवाब भी नहीं सुनेंगे हाँ। क्या तरीका भाई आ, भी। भी। नहीं एक विभाग में शिक्षक भर्ती के विचार सुनिए पहले सुनिए पहले सुन लीजिए एक लाख एक लाख सैंतीस हजार शिक्षक भर्ती का मामला आप बता रहे हैं भर्ती आई अड़सठ हजार पांच सौ हजार अधिन सोलह हजार परिवार तो चौसठ सौदा चौदह सौ चिकित्सा शिक्षा विभाग में छह सौ चौदह कार्यालय सुनिए जमीनी हकीकत नहीं नहीं जमीन सुन लीजिए जवाब दे लीजिए न न ये आरोप फिर लगाइए जवाब दे लीजिए अभी मैं मैं पीसी किया हूं इस मुद्दे पे सर पूरी पीसी मैंने की है अब सुन लीजिए एक लाख सैंतीस हजार शिक्षक भर्ती का नाम आपने लिया अड़सठ तो आप हजार पांच सौ शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें बाईस हजार रिक्त आदमी रिक्त पड़े हुए हैं और वो नौजवान टंकी पे चढ़ के गुहा लगाता राजधानी में एक मिनट एक मिनट एक मिनट उनहत्तर हजार जो भर्ती आई उनहत्तर हजार जो भर्ती आई अरे सुन तो लीजिए अड़सठ हजार पांच रिक्त पद और उनहत्तर हजार आई वो भी आरक्षण घोटाला हुआ और नौजवान अभी एक हफ्ते पहले लाखों की संख्या में प्रदर्शन सुनिए पहले आप उत्तर प्रदेश अधिक चैन की बात आपका ऐसे तो नहीं होगा अरे सुन तो लीजिए आप मेरे प्रमाणहानि कर दीजिएगा भाई लेकिन नौजवानों हाँ, मुझे तो मुझे तो दोनों की बात देखिए उत्तर प्रदेश अधिनाथ सेवा चयन आयोग की आपने बात की सोलह हजार आप बता रहे भर्ती हो गई जबकि फिर से रीड करवाइएगा मुख्यमंत्री जी से उन्होंने पद निकाले बारह हजार साढ़े बारह हजार पद निकाले बारह भर्तीयों में सुनी जी इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा और मुख्यमंत्री जी दिखा दिखा रहे हैं हमने 16000 है। है। नियुक्तियां कर, कर दी जबकि सच्चाई क्या है उसमें वीडियो की भर्ती रद्द कर दी गई गन्ना पर्यवेक्षक का नौजवान हाथ दर दर भटक रहा है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का नौजवान लाठियां खा रहा है बारह हजार पद आपने निकाले इक्यावन इक लाख नौजवानों से आवेदन लिया एक हजार बीस करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अधिन सेवा चैनल में एक नौकरी सरकार ने नहीं दी है दूसरा आपने कहा दरोगा भर्ती उनचास हजार पांच सौ अड़सठ आपको आंकड़ा भी नहीं याद होगा आप तो पढ़ के बोल रहे मुझे याद है उनचास पुलिस के भर्ती के नौजवानों को ट्रेनिंग आप नहीं करवा सकते यहाँ बैठ के आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं तो जो आपने आपने दिए हैं वो वो अपने सरासर इन पे बहुत दूर है और आप अगर आपके आंखें नहीं खुली है राजधानी लखनऊ में इसी चैनल के तमाम रिपोर्टर वहां रिकवर भरने का वादा था और बेसरमी देखिए बेसरमी देखिए जिस पार्टी के प्रवक्ता है सत्ता में बैठने के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि नौकरियां तो बहुत है लेकिन उत्तर तो प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं ये बेशर्मी होती है उत्तर तो प्रदेश के नौजवानों का। आप मजाक उड़ा रहे हो आप जवाब नहीं आग दे आग पाएंगे आग आग आग जन आशीर्वाद यात्रा में आप जाइए तो एक बार अपने नेताओं को लेकर चलिए चलिए चलिए अश्विनी जी अश्विनी जी आदमी पार्टी की बेसर्मी है उसके बाद अरे कांड छोड़िए साढ़े चार लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने कहा था दावा किया था इसी लखनऊ में साढ़े चार रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ एक, एक हजार पैतालीस किया था अपने। करोड़ रुपए इसी राजधानी लखनऊ में हमने पानी की तरह आया था आप आंकड़े अच्छा किताबों में आ देख आ के पढ़ रहे हैं, मुझे याद है क्योंकि जमीन राजनीति तो करने तो वाले हम लोग है उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पांच साल छह साल अपने घर से दूर जाकर तैयारी करता है एक आठ बाई दस के कमरे में तैयारी करता है उसके सपनों को कतल करने का काम आप लोग कर रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के ध्यान दे रहे हैं अपने बताता हूँ एक मिनट का समय दीजिए मुझे। अब चुप रहिए मैं लोकपाल लोकपाल बता बता दे रहा बता दे रहा उसको रीड फिर से। ट्रेनिंग लेके थोड़ा हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ आप हमारे आरोप लगा सुनिए पहले उनचास दिन की सरकार में हमसे एसीबी छीन लिया गया एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों छीन लिया दीक्षित के ऊपर आप एजेंसियां खरीद लेंगे आप पत्रकारों पे हमला कराओगे आप पैकेज से फोन रिकॉर्ड करोगे फिर आप कहोगे नहीं वो नहीं हो रहा है चलिए बाकी बाकी बाकी भी कुछ जवाब ले लेते शौकत अरे सर चार दिन छीना गया आप आप आप वही वही तो कह रहा हूं आप मैं आ रहा, रहा हूँ उसको नहीं किया आ, आ, कि मैं आप के पास आऊंगा मैं वापस आ रहा हूं आप लोग के पास शौकत आपको आवाज मिल रही मेरी शौकत शौकत अली शौकत जी आपको आवाज मिल रही मेरी सुभाष जी आ, देखा आपने की अभी किस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब मुद्दों की बात हुई लेकिन हाँ ये अच्छा जरूर लगा कि कहीं ना कहीं रोजगार और बेरोजगारी के ऊपर हम लोग ने चर्चा करी और यह पता चला की उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नौकरियां दी हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह जरूर बताया कि कहां कहां पर कितनी कितनी किस किस तरह से नौकरियां हैं कहां पर रीट हुई अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी की तलाश में हैं तो ये सारे जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा होनी जरूरी है जैसा कि अभी हुआ भी लेकिन क्या खाली चर्चा ही होना जरूरी है क्योंकि पांच साल का सरकार का जो समय था वो लगभग पूरा होने वाला है अभी तक कुछ बढ़िया निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनाई थी कि हम सब कुछ बेहतर कर देंगे लेकिन बेहतर कुछ हुआ नहीं क्या देखिये जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का साढ़े चार साल से भी ज्यादा होने को आया है करीब करीब सामने चुनाव आ ही चुका है लेकिन जमीनी स्तर पे जो रोजगार की बात दुबे जी ने जो बोला वो कहीं कही ना कहीं बिल्कुल सच्चाई से दिखाने वाला काम करता है क्योंकि जमीनी स्तर पे इन्होंने मेरे हिसाब से कोई नौकरियां दी नहीं ये जो का जो डाटा ये लोग नौकरी के नाम पे ओडीओपी बताने लग जाते कि हमने ओडीओपी में नौकरी क्या ओडीओपी काम है धंधे शुरू हो रहे हैं लोगों के उससे सब कुछ स्थितियाँ बेहतर हो सकती है क्या जो शहर का जो युवा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कमरे के अंदर और तैयारी करता है की वो सरकारी नौकरी में जाएगा या सरकारी नौकरी करेगा क्या वो ओडीओपी का काम कर सकता है देखिये वो नहीं कर सकता वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जिनका जो थीम चल रहा है जो उनका प्रोजेक्ट है इन्होंने बीच में एक वो केश कल्याण बोर्ड बनाया था माटी कल्याण बोर्ड बनाया था तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नौकरियां तो नहीं देना चाह रही है लेकिन जो विभिन्न समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने के अंदर लिप्त थे और वो पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरियों की उम्मीद लगा के बैठे थे के रोजगार, अच्छा। तो रोजगार तो न देने, देने की जगह ओडीवीपी लॉन्च किया राजनीतिकरण बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर भी राजनीतिकरण ही हो रहा है ओडी ओपी इन्होंने बोला अच्छा की हम नौकरिया दे रहे हैं जबकि ओडी का कोई नौकरी कोई मतलब नहीं ये अलग अलग बोर्ड बना के उसके माध्यम से इन लोगों को वही लोग समझ जो ना हुआ है उनको उसी धरने पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं लोग सर इस यही क्या अश्विनी जी जो सुभाष जी कह रहे हैं क्या बात सही है ये मैं क्लियर करना चाहता था सुभाष जी को देखिए सुभाष जी हम लोगों ने दो कैटेगराइज किया है आपने अलग उसको हमने ओ को नौकरी कभी नहीं कहा हमने ओ टी ओ के साथ हमने रोजगार कहा कि हमने एक करोड़ अस्सी लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया हमने नौकरी की बात नहीं थी। थी। हम की हम नौकरी की साढ़े छह लाख की बात करते हैं काउंट किया रोजगार में नहीं किया था देखिए नहीं नहीं एकदम शुरू से अलग बोला है ओडी में रोजगार बोला मैंने और साढ़े छह लाख सरकारी नौकरी लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं साढ़े लाख नौकरियाँ दी हमने कहा योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल अच्छा थोड़ा हो सकता है हम लाख की बात कर रहे हैं लेकिन आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल अभी दिन चार साल में अब रोजगार के ऊपर का जवाब नहीं दे पा रहे कोरोना वाले सवाल पूछ लीजिए क्या कोरोना सरकार की रोजगार के ऊपर जवाब गवर्नमेंट अपनी नाकामी मानती कि नहीं मानती नहीं नहीं कौन सा कौन सा रोजगार रोजगार नहीं, की बात न न प्रवासी प्रवासी, प्रवासी उत्तर प्रदेश के जो हमारे बाहर कैसे लोग उनकी स्किल मैपिंग कराकर और उनको उनके गांव में रोजगार देने का काम देखिए उत्तर प्रदेश न अश्विनी जी मैं साथ हूँ आपके कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्यादातर जो जिले हैं वहाँ पर कोविड नहीं है वहाँ पर मरीज नहीं है हालांकि एक समय था जब मरीज एकाएक बढ़ गए थे तो जब एकाएक कहीं भी कोई समस्या हो जाती है तो उसको हैंडल करने में समय लग जाता मैं मानता हूँ लेकिन स्थितियां क्या सही थी या नहीं सही थी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्योंकि तीसरी लहर भी कोविड की आ रही है और उसके पहले डेंगू जैसी समस्याएं भी फैल गई हैं तो जैसा सुभाष जी कह रहे हैं कि आप लोग अपनी नाकामी मानते हैं या नहीं मानते तो मुझे तो नहीं लगता क्योंकि सरकार ने बेहतर काम किया है सुभाष जी ने कहा अभी चीन कोरोना पर पूछिए रोजगार पर नहीं दे पाए रोजगार का जवाब भी सुना आपने काम की थी इसीलिए मैंने बोला था वो बात मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ रोजगार के बाद आप नहीं जवाब देना चाह रहे हैं तो चलिए कोरोना वाला भी मसला अभी ने था मैंने नहीं छेड़ा तो के अश्विनी जी बता दीजिए अश्विनी जी इनको बता दीजिए कि सरकार विफल थी या नहीं थी कोविड में कोविड में सरकार सफल हिंदुस्तान में हमने सबसे ज्यादा टेस्ट किए सबसे ज्यादा हमने जो मिला लगाए सबसे कम हमारे अमृत भारत में नहीं विश्व में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सराहना हुई योगी मॉडल की सराहना हुई अच्छा कहते हैं तो सुभाष जी की जाने और बाकी दलों के लोग एक चीज में आप योगी मॉडल ने बहुत दुनिया में नाम कमाया वो मॉडल ये था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम घाटों को टीन सेट से ढक दिया गया था कि लोग लाशों को देख ना पाए कि कितनी मृत्यु हो रही है गंगा घाट में किस तरीके से राम नामी, राम नामी राम नामी चादरी चुराई जा रही थी राम नामी चादरों से ढकी गई थी लाशें जब बारिश आई जब बारिश आई तो सारी लाशें दिखने लगी क्या थी कौ, कौन तो थी कौन कौन कौन गया था से वो की देखिये मेरी बात सुनिए देखिये अश्वनी जी अरविंद केजरीवाल जी देश के, के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अगर किसी का भी ऑक्सीजन ना मिलने से किसी भी आदमी की मृत्यु हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी सुनिए पहले मेरी बात मेरी बात सुनिए पूरी बात पहले पूरी बात सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए हम लोग बेसर्म लोग नहीं है हम लोग बेसर्म लोग नहीं है की कहेंगे की ऑक्सीजन ऐसी किसी की मौत हुई और जब उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री ऑक्सीजन न मिलने से उसकी डेथ हो जाती है तो सुन लीजिए पहले मेरी बात अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आगे आगे जिसकी आगे। भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन न मिलने से मौत हुई है उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मुआवजा देने उसके परिजनों को उसके परिजनों को उसके बच्चों को पच्चीस साल तक पच्चीस साल तक पढ़ाई का पढ़ाई का जिम्मा अरविंद केजरीवाल जी ने पापा के साथी भी जुड़ गए शौकत अली जुड़ गए उनसे भी जवाब ले लेते ले हैं शौकत आवाज मिल रही है आपको मेरी शकत अभी आप नहीं जब जुड़े हुए थे तो अश्विनी जी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो मेडिकल कॉलेजेस बनवाए थे वो बहुत कम थे हमने बहुत ज्यादा बनवा दिए स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो गई आप दो लाख नौकरी पूरे पांच साल में नहीं दे पाए हमने साढ़े छह लाख नौकरी दे दी तो ये सब इतनी कमजोरी जब आप लोगों की थी इसी वजह से आप लोगों को जनता ने बाहर कर दिया और उस पर भी अभी तक आप लोग कुछ चेत नहीं पाए हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरा जाए या जनता के बीच जाया जाए और फिर आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे कैसे हरा देंगे भैया नितिन जी भारतीय जनता पार्टी का आईटी टी सेल भी आज कल निंद्रावस्था में काम कर रहा है एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर से होता कि हमने चार, चार लाख नौकरिया दी बीजेपी की प्रवक्ता कहते हैं की हमने छह लाख नौकरिया दी अब दूसरी चीजें ये कहते हैं की हमने तमाम मेडिकल कॉलेज बनाई मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए जरा वो जिले बता दीजिए और प्राइम टीवी से मैं गुजारिश करूंगा आग्रह करूंगा कि उनको दिखाने का भी काम करे का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मेडिकल कॉलेज बनाया जिलों में जो अभी आप बता रहे हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज बनाया मुझे जरा उनके नाम बता दीजिए और मैं प्राइम टीवी से गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी उस प्रमुखता से उत्तर प्रदेश की सरकार की किए गए कार्य को दिखाने का काम कीजिएगा मुझे तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों भैया नहीं दिखा मेडिकल अब आपके कागज पे वो मेडिकल कागजों पे देखो बधाई साढ़े चार लाख दे देते हैं और आप छह लाख दे देते हैं तो कागज पे तो आप बहुत बढ़िया लेकिन महाराज देखिए उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश का किसान ये भी कह रहे थे की समाजवादी पार्टी पांच नेताओं की पार्टी है और उसी में सिमट के रह जाएगी इनसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इनके ने कितने नेता हैं? अगर इनके पास सच में नेता होते नितिन जी तो मुझे लगता है किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी समाजवादी पार्टी जी जो काम करता है और जिसके पास काम करने की क्षमता होती जिसके पास विजन होता है वो अकेला काफी होता एक मुख्यमंत्री मात्र एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज और तमाम मैं हॉस्पिटल देखे गया था इनके पास तीन तीन मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की एक योजना बताएं जो चल चल रही हो और कंप्लीट हो गई हो हम तो गर्व से कहते थे हमने स्टेडियम से लेकर तमाम हॉस्पिटल दिए है नितिन जी आपके आपके आपके स्टूडियो के बगल में एक बड़ा हॉस्पिटल अदरणीय अखिलेश चौधरी की सरकार से दिया गया हुआ आ, हमारे घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा हॉस्पिटल दिया गया तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी योजनाएं हम लोगों ने दी है तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया मैं तो कहता हूँ तीन मुख्यमंत्री वाली सरकार मुझे सिर्फ इतना बताने का काम का करे उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेंगे पचहत्तर जिलों में, मुखमंत्री में मुखमंत्री है। भाई एक मुख्यमंत्री है गलत अरे चीज़ दो, दो, दो मुख्यमंत्री है ना तो, तो, तो आपको साथ में दिए गए की आपके साथ रहेंगे आप बहुत साथ में दिए गए ना एक मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहा था इसलिए दो मुख्यमंत्री और साथ में लगा दिए गए ये तो सबलेगा नहीं उत्तर प्रदेश इसलिए दो और साथ में दिए गए उसके बावजूद भी तीन मुख्यमंत्री बता रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले अरे भाई पांच उनके में थे तो अब हमको उनको, उनको अपना याद आ गया होगा रिश्त जी मैं ये बोल रहा हूँ उनको पांच मुख्यमंत्री उनके थे वो कौन चाचा थे नेताजी थे और अखिलेश जी तीसरे नंबर पर आजम खान आते थे दूसरे अखिलेश जी, पार जी पार पहले नंबर पे थे भाई पहले पर थे अच्छा था, था, थे उनको अपना याद आ गया होगा सर तो यही तो उनके उनके दल का सफा अपनी चीजें पर यादव महासभा हो गई है वो वो अब जो है कहीं की पार्टी थोड़ा रह गई यादव महासभा हो गई है परिवारवाद समाजवाद तो है नहीं है उसमें अश्वनी शाही जी मैं आपकी बातों से नहीं अच्छा कुछ यादव इनके साथ भी हैं वो भी उधर ही जाएंगे नहीं, क्या नहीं ऐसा नहीं, सारा यादव या तो परम्परागत हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर है इसको भी डिनाई करूंगा करूं करूं है जो परिवारवाद जो सुनिये जो समाजवाद नहीं है वहाँ वहाँ सिर्फ परिवार महाराज समाजवादा महाराज आप दूसरे पे उंगली उठाइए नहीं उत्तर प्रदेश की जनता, ये जनता ये ने इसलिए नहीं चुना था दूसरों वोट बैंक की तेज की बात ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए चुना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए कि तो की उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा क्या विकास की ओर बढ़ा मैं पूछना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहाँ खड़ा है बेरोजगारी सगा खड़ा हो गया रोज प्रदर्शन दिया साढ़े छह लाख भाई अरे महाराज इनसे पूछ लीजिए इनका आंकड़ा सही है मुख्यमंत्री जी काका सही है पहले मुख्यमंत्री जी ऐसी छह लाख दिए अरे महाराज पंचायत है आंकड़ा पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी वाला आंकड़ा पेश कर रहे हैं सरकार ऐसी कोई नया आंकड़ा इनको ले दिया गया अरे ये अपने मुख्यमंत्री जी की बात को नकार रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बात को नकार रहे यानी मुख्यमंत्री जी जुड़ हुआ ना इन्होंने वाला भी जोड़ा है ना उसमें चलिए मैं वंशराज के पास चलता हूँ वंशराज आप लोग किन मुद्दों को लेकर अब आगे जनता के बीच जाएंगे और क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है उत्तर प्रदेश एक बहुत, बहुत बड़ी संभावना वाला प्रदेश है हमारे साथ दिल्ली में दिक्कत यह थी कि न हमारे पास लैंड है न हमारे पास पुलिस है यानी कानून व्यवस्था ना दूसरा हम सर्विस सेक्टर यानी एक चपरासी की भी नियुक्ति हम दिल्ली में नहीं कर सकते लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है उत्तर प्रदेश में एक पूर्ण राज्य पहली चीज यहाँ की आबादी भले पच्चीस करोड़ है लेकिन यहाँ का बजट जो है लगभग साढ़े लाख करोड़ बजट है यानी दिल्ली के अनुपात में यहाँ दस गुना ज्यादा बजट है तो अगर एक मोटा मोटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता को हर महीने तीन यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है चौबीस घंटे यहाँ के रोजगार को अगर रोजगार की बात कर लें तो हमारे पास ये डाटा है कि हर साल लगभग 20 लाख नौकरियां दे सकते हैं हम लोग और 20 लाख नौकरी ना देकर अगर जिसको नौकरी नहीं दे पाए हम लोग तो हर नौजवान को कम से कम तीन से पांच हजार बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं तीन से पांच हजार बेरोजगारी भत्ता का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पैंतीस लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है नितिन जी पैंतीस लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को अगर सबको हमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़े तो मात्र बारह करोड़ रुपए का बजट है तो सारे सारा डाटा हमारा तैयार बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों की बस बस की की यात्रा मुफ्त करने की बात हो जैसे हमने पांच साल दिल्ली में सरकारी बसों में माताओं बहनों की यात्रा फ्री करके रखा है इनके जो आज मुख्यमंत्री जिन्होंने जिन्होंने इस्तीफा दे दिया गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक करोड़ रुपए में खुद के लिए हवाई जहाज खरीदा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक करोड़ रुपए में पांच सालों तक सरकारी बसों में माताओं बहनों की यात्रा फ्री कर दी तो हमारा जो राष्ट्रवाद का एक परिभाषा है नमक रोटी के अगर रिपोर्टिंग करेंगे नितिन जी जाकर उनका चैनल जाके रिपोर्टिंग करे तो इनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए भाजपा का राष्ट्र लगता है लेकिन हमारा राष्ट्रवाद ये है की उत्तर प्रदेश के हर प्राइमरी स्कूल जो विश्व स्तरीय स्कूल बन सके हर अस्पताल जो विश्व स्तरीय स्तरीय अस्पताल बन सके ये हमारा जो मॉडल है यही उत्तर प्रदेश में हम लोग लेकर जाएंगे। चलिए शौकत क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के आप लोगों की क्या आगे की रणनीति है इसके बारे में जरा बता दीजिए कम शब्दों में क्योंकि समय बहुत कम देखिए उत्तर प्रदेश को आदणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर समाजवादी सर, पार्टी सरकार बनती तो पहली कैबिनेट में तीन सौ यूनिट बिजली खरीदी जाएगी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश को राहत यही मिलेगी नौजवानों को नौकरी को लेकर भी कहा कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का हमने वादा किया और वो भी पूरा करने का काम करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने वाले लोग नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहें कि हमने लाख है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या हमने साढ़े चार लाख दे दिया जो समाजवादी पार्टी ने काम किया था वो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और आगे भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने की वजह जो काम करने हम करेंगे चलिए धन्यवाद सर अश्विनी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा की अब आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की दिल्ली से जो नेता आ रहे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले और आगे पांच साल में आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपको जनता चुनती है दिल्ली से जो आ रहे हैं हमारे जो है वो संगठन के हित में आ रहे हैं और संगठन का चुनाव की जो है आगे की रणनीति तय करेंगे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पर कैसे उसको पहुंचाया जा जाए जन जन तक उसकी योजना वो बनाएंगे बाकी हमने जो काम किया है यहां पर वो चालीस चार साल में 40 लाख आवास देने का काम जो किया है वो जनता के हित में हमने काम किया है एयरपोर्ट जो है पर दो थे हमने सात एयरपोर्ट का ठीक जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के दो हजार बाईस का जो चुनाव विधानसभा का आने वाला है उसके अंदर अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपने होशो आवास का इस्तेमाल करके अगर सही सरकार चुनती है तो जाहिर सी बात उनका भविष्य उज्जवल होगा लेकिन मैंने इसके पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया था और वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का चुनाव सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सारे मुद्दे पीछे छूटते आएंगे और लास्ट में जातिगत समीकरण धर्म का ही मुद्दा रह जाएगा इसके अंदर वही सरकार बना पाएगा वही पार्टी टिक पाएगी जो क्रिकेट मैच के टेस्ट की तरह अपने आप को संयम के अंदर रखेगी सही तरीके से सुलझी हुई रहेगी वही दो के अंदर सत्ता के नजदीक पहुंचे चलिए आप सभी आ, साथियों का सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो आज उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अहम मुद्दा जो था उस पर हमने चर्चा की कि आखिर आखर आने वाले दिनों में जो चुनावी रैलियां होंगी और उन चुनावी रैलियों के बाद क्या क्या तैयारी राजनीतिक दलों की रहेगी लेकिन इन सबके बीच जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता की होनी चाहिए क्या उन पर भी चर्चा हमारी सरकारें हमारे जो विपक्ष के नेता है वो करेंगे या नहीं करेंगे ये सबसे अहम सवाल है हालांकि उत्तर प्रदेश की जो जनता वो काफी समझदार है लेकिन कहा यही जाता है कि आखिरी में जाकर जात धर्म इसके नाम पर अगर वोट नहीं पड़ता है तो जाहिर सी बात है हमें एक बेहतर सरकार मिलेगी लेकिन अगर उसी के नाम पर फिर से ये चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों की उम्मीद ना करें कि हमारा विकास होगा आज की डिबेट में इतना ही हमें